हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सिमीज ब्लॉग आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये ब्लॉग है गर्ल्स सोलो ट्रिप जो कि हमने सडन ट्रिप बनाई है और हम आ गए हैं गोवा तो कैसे और क्या क्या हुआ है आ, पूरा डिटेल जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग को देखना ना भूलें और इफ़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोट फर्गेट टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं सारे ट्रिप का एक्सपीरियंस भी आपको मैंशन करूँगी कि बस का कितना रेट है होटल everything lunch dinner or whatever drink we are taking so i'm going to mention every and each expense to aapko idea lag jayega ki if aap solo trip plan kar rahe ho ya fir girls solo trip plan kar rahe ho to aapka budget kitna hona chahiye and ye trip ponte hamari first trip is of pilore god acha hum ja rahe hain वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब आप तो like, so बोलोगे की सारे बसेस आपको टाइमली पहुंचा देते है तो रिजन ये बस चूज करने के लिए ये था की एक तो इन बिल्ड टॉयलेट है इनके पास सेकेंड As girls we find it very safe to travel. This is my third or fourth time to travel from intercity. बट ये मेरा first time है as a solo आई प्रीफर इन इंटरसिटी और सबसे बेस्ट पार्ट था जब हमने टिकट बुक किया था इसका ticket नॉर्मली आपको टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर थ्री थाउजेंड तक होता है बट आज हमको ये टिकट ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज में मिल गई ब्यूटिफुल मॉर्निंग आठ और यहाँ हमारी बस रुकी है आप सोच रहे तो नहीं ये देखिए क्या हो गया हमारी बस के साथ बस का एक्सीडेंट हो चुका है पर किसी को चोट नहीं आई है अब ये बस आगे जाएगी या नहीं जाएगी वी आर नॉट श्योर सबसे अच्छा नजारा और सामने हमारी बस खड़ी है जिसका एक्सीडेंट हो गया अभी वो चलेगी नहीं बस काफी टाइम रुकी है लेट्स सी रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने पानी लिया ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने पोहा खाया जो कि हमको 150 से 200 के बीच में दो लोगों का ब्रेकफास्ट होगी टू एंड हाफ आवर के बाद अप्रूवल आया ड्राइवर को की वो बस आगे ले जा सकते हैं राइट मिरर ड्राइवर का डैमेज हो चुका था एक्सीडेंट की वजह से तो इसीलिए वो देख नहीं सकते थे बर्थ ड्राइव ने बताया कि छोटा मिरर है वो उसमें से uh, देखकर ड्राइव कर लेंगे एज ही वॉज एक्सपर्ट इन ड्राइविंग तो उसके बाद बस स्टार्ट हुई और फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई लक्ष्मी की हुए थोड़ा सा गया प्लीज़ कैरी यो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है कैरी योर टेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि गोवा एंटर करने से से पहले रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट चेक होते हैं। भी यहां 32-40 किलोमीटर दिखा रहा है, विल टेक रास्ते में तो फिर भैया सोच लो पर आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड का जो मिरर था बस का वो कैसे टूट गया और बस का फ्रंट ग्लास भी टूटा हुआ है। बट ड्राइवर जिन्होंने हमको यहां तक दिया। तो हम अभी पहुंच गए के, मापसा पहुंच के वहां से लेना है, फिर जाना है ऑटो किया होटल जाने के लिए एन वी आर ऑन द टू टू टू होटल इट्स नॉट वेरी फार इट ओनली टेक्स 30 मिनट्स सो so, ये रहा हमारा जहां हम स्टे करने वाले हैं सेंट्रल के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं है थ्री स्टार होटल इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो होटल पहुंचने के बाद भी हम लोगों को वेट करना पड़ा क्योंकि हमारा रूम रेडी नहीं था देन वी हॉट टू टेबल लंच उसके बाद हम लोगों ने कलंगुट सेंटर में ही लंच किया लेट्स से वहां पर फूड कैसा है सो ये रहा हमारा खाना प्राइस uh, एकदम रिजनेबल है यू कैन सी इन द इवनिंग हैव अ ड्रिंक और फूड का टेस्ट भी बहुत अच्छा है so, सो हमारा लंच हो चुका है लंच वॉज डिलीशियस और हमको रूम कीज भी मिल गए हैं आपको जो भी भी अपडेट है, तो रहूंगी। so, आप सबको मैं होटल होटल और और दोनों करवाती YouTube Center is a hotel और इसके Google भी बहुत अच्छे हैं। आपको कलंगुट बीच से सिर्फ दस मिनट की दूरी पे है यू कैन गो बाई वॉकिंग टू द बीच होटल मैंने गोआई बी बो से बुक किया था एंड द होटल चार्जेस नाइन फॉर वन अभी टाइम हो रहा है थ्री थर्टी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर आपसे मिलते हैं इवनिंग में डायरेक्ट कल है ना उधर जाके मजा करेंगे होटल से दस मिनट की दूरी पे दुआ ये मिस रंजिता इडली हमने अभी ब्रेकफास्ट किया उसके बाद हम जा रहे था बाघा बीच फिर कल रात में हम लोगों ने बाघा बीच देखा नहीं था और रंजु का फर्स्ट टाइम है तो जाना बनता है फिर से वॉकिंग वॉकिंग करके जा रहे एक्सपीरियंस इज़ गुड फर्स्ट गर्ल्स सोलो ट्रिप Shopping for girls is a first priority. सो so, हमने जैसे ही हम लोगों को time मिला पहले हमने shopping की उसके बाद हमने beach enjoy किया तो so, हमें ये slippers बहुत पसंद आए तो हम लोगों ने इसको purchase किया ये हमको थ्री फिफ्टी रुपीज़ में मिल गई जब होटल से निकले थे तो हमने सोचा था कि हम बागा बीच जाएंगे बट वी एंड कलंगुट पर बीच उसके बाद हमने सोचा, पर ले लेते हैं पर डे पे मिल जाती है तो आ, वी आर गोइंग तो टू गेट आर स्कूटी कलंगुट लेन में ही बहुत सारे शॉप है जहाँ पर आपको रेंट पर स्कूटी मिल जाती है स्कूटी लेने के पहले आपको सारा चेक करना है कहीं से भी स्कूटी डैमेज नहीं हो इसकी ब्रेक ठीक है और पेट्रोल कितना है क्योंकि वो पेट्रोल बहुत ही कम देते हैं आपको पेट्रोल पेट्रोल पंप पर जाकर भरवाना पड़ता है तो आपका एक आईडी डी कार्ड डिपोजिट करना होता है एंड देन यू केन टेक द स्कूटी स्कूटी लेने के बाद फटाफट फड़ हम लोग होटल गए होटल में रेडी हुए रेडी होकर हमने चेकआउट किया और सामान होटल में ही रखा क्योंकि हम लोगों का बस था फाइव को इवनिंग में और अभी बज रहा था साढ़े So, हम लोगों ने सोचा कि स्कूटी से हम रिमेनिंग so, गोवा हम अभी गोडा सेंट्रल जेल जो ओल्ड वाला जेल था वहाँ देखने के लिए जा रहे है लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड गोवा वो जगह टूरिस्ट प्लेस के लिए ओपन होने वाली थी सो so, देखते है अभी वो ओपन हुई है या नहीं है, देखते चालू कि नहीं अभी भी सो नेक्स्ट स्टॉप हमारा था अगोरा फोर्ट एंड इज अगेन अ फेमस प्लेस टू विजिट इन नॉर्थ उसके बाद हम लोगों ने कैंडल एम बीच पर जाना डिसाइड किया तो ये था कैडोलम बीच लेम बीच विजिट करने के बाद हम फिर से होटल गए वहां से हमा, हमने हमारा लगेज उठाया एंड देन वी वेंट टू बागा बीच सो लेट्स गो एंड एंजॉय सम yummy फूड ऑन बागा सैंड मां की बागा अच्छा बचा था वो भी कर लिया हमने